ये ज्ञान मत पे लो बे चैट में डाउन हो गया है भाई सुनो जब टाइम आएगा आपको पता चल जाएगा ठीक है तो क्लासिक वाले जज अगर कर रहे हो आप तो कोई ना कोई ये ज्ञान मत मे लो चैट आपका डोर खत्म हो गया है अब सब आपसे अच्छे हैं, ठीक है तो मैं क्या बोला भाई कुछ अच्छे नहीं है सब अच्छे भाई हमें थोड़ी याद आए खेलना खेलना I got supplies. Abeya, boy, to right, be better. अरे हट हड, हट भाई भाई नहीं है भाई क्या sad, भाई, भाई, भाई है क्या के के लिए क्यों वो वो एक बंदे अगर पता ठोकता नहीं ना गाड़ी मेरी ऐसी नहीं होती ना मैं मार देता मेरा एंगल ही नीचे नहीं जा रहा था मैं कर, किया, उतने भी बढ़ा रहा थोड़ा चिलो के खेल रहा था चैट वैट नहीं देख रहा था मैं मस्ती मस्ती में भर जाता हूँ मरना मैं भाई भाई भाई क्लासिक में जो वो बंदा जो था भाई उनको समझाता हूँ भाई क्लासिक में मिल के क्या मतलब मिल गया मुझे बात ना उधर ट्रॉफी है ना उधर कुछ ये है जीतने के लिए क्या करूँ क्लासिक में यार क्लासिक मेरी जगह नहीं है ब्रो सिंपल चीज़ है जिधर मुझे मारना है जितना ध्यान देना है। मारो या मर जाओ। मैं में थोड़ी ना जैसे गेम प्ले कुछ हो करने चिल करने आता हूँ तो you know, भाई मैं भाई।, भाई हमें भी पता है तो आप चिल करने आते हो बट ये लोग नहीं सुधरेंगे। के नो देट वन बिफोर दो इट वॉज डोप क्लासिक में सीरियस मेरे से तो ना हो